मेरा एक दोस्त ना एक्सल में लगा हुआ था और वो क्या है ऐसे एक टेबल में फंसा हुआ था ये एक टेबल थी बहुत सारा डाटा उसने कहीं से कॉपी किया और अब इसमें दो काम करना था एक तो ये जो ब्लैंक कॉलन है ना इसमें जो अमाउंट है वो यहाँ लाना था उसको क्योंकि ग्रोस में से उसको नेट पे निकालना था और वो जो ये जो तीनों कोलन है ये किसी दूसरी टेबल में तो इनको लाना था प्लस ये जो टेबल का शक्ल बिगड़ा है इसको वो एक, -एक को पकड़ के ऐसे ऐसे खींच के ठीक कर रहा था तो मैंने उसको बताया कि यार ये काम सेकंडों में हो सकता है तो अब अब हम सीधे चल के यही काम देखते हैं देखो आपने एक्सेल में कोई भी टेबल बना रखा है और उसकी फॉर्मेटिंग करनी है मीन्स किस कॉलन की कितनी विड्थ है कितनी हाइट है और इसको बॉर्डर लगाना है तो वो चुटकियों में हो जाएगा तो आप सबसे पहले उस जिस टेबल को आपको ठीक करना है उसके पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो और फिर कीबोर्ड से सिम्पली एल्ट को दबा के रखना और दबाना है जो की दबाना है वो बता रहा हूँ एच दबाना ओ दबाना और आई दबाना देखिए टेबल में इफेक्ट दिख रहा होगा आपको अब आप दोबारा से क्या दबाना एल्ट को दबा के रखो एच ओ ए दबा दो ठीक है और अब क्या दबाना है हमको इसको बॉर्डर लगाना है तो अब दबाना है हमें एल्ट को दबा के रखना है और एच बी ए देखिए हो गया ये टेबल तैयार हो गया अब इसके पास में जो डाटा है वो ये दूसरी टेबिल में है ये देखिए लोन फंड मैच कटिंग अदर चार्जेज वाले ये तीनों को जिस जिस आदमी का उस टेबल में नाम है मीन्स इस टेबल में जिसका जितना अमाउंट है वो इसके सामने तो वो क्या है कॉपी करके पेस्ट कर रहा था यहाँ से एक एक आदमी को फाइंड आउट करना उसको कॉपी करना पेस्ट करना या फिर मैन्युअली टाइप कर रहा था तो ये घंटों लगेंगे अभी यही काम है मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ सेकेंडों में आप किसी भी टेबल से उठा के ला सकते हो दूसरी एक टेबल कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें भी सेम सीट टू में भी यदि वो टेबल है तो भी उठा सकते हो तो इसके लिए क्या करना है हमको वी लुकअप फार्मूला जो लोग वी फार्मूला को जानते हैं वो कैसे यूज करते हैं अभी आप देख लेना देखिए सबसे पहले हमें ये कोलन लाना है इस से। से इस टेबल टेबल से से किससे ये वाला अमाउंट है वो इस आदमी के सामने इसका जो अमाउंट है इस आदमी के सामने यहाँ आ जाए तो यहां पर आना है आपको सिंपली यहाँ पे लगाओ इक्वल टू सिंपल लिखना है फॉर्मूला को वी लुकअप वी लुकअप फार्मूला ये देखिए आ गया ब्रेकेट स्टाफ अब ये कह रहा है लुकअप वैल्यू लुकअप वैल्यू मतलब किसको आप यूनिक वैल्यू जिसके आधार पे वहां से उठाएंगे तो हम ये लेते हैं फोर्स नंबर वाला को ये फोर्स नंबर उस टेबल में जहां भी हो उसके सामने का लोन फंड अमाउंट उठवाना है हमको फिर कोमा दिया अब ये कह रहा है टेबल एरे टेबल एरे मतलब कहाँ से लाना है तो आप इस टेबिल में आ जाओ इस टेबिल को पूरा को सिलेक्ट कर दो हो गया यहां तक हो गया कम अब हमको कोमा दे देना है इसके बाद में ये कह रहा है कोलन इंडेक्स नंबर कोलन इंडेक्स नंबर मतलब कौन सा कोलन लाना है तो यहां से आपको देखिए ये हो गया कोलम नंबर एक दो तीन चार नंबर कोलन में अमाउंट है तो सिंपली पे चार लिखना है फिगर चार जितने नंबर कोलन है वो आप आराम से लिख दीजिए कोमा लगाइए इसके बाद में ये पूछ रहा है ट्र्यू और फॉल्स तो एग्जैक्ट मैच करवाना है हमें कभी भी तो यहाँ पे फाल्स को सिलेक्ट कर लेना और एंटर मार देना ये देखिए इस आदमी का जो लोन फंड का अमाउंट उस टेबल में था वो उठ के यहाँ पे आ गया है अब ध्यान यहाँ पे ये दे है कि आपकी जो टेबल है उसको लॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है सिस्टम नहीं कर रहा तो यहाँ से डॉलर साइन से इसको ऐसे लॉक कर देना है डॉलर साइन लगा देना है दोनों तरफ में और इसको सिंपल इस फॉर्मूला को यहाँ से पकड़ के खींच दो ये सभी के सामने आ जाएगा ये देखिए ये देखो जिसका जो अमाउंट था वो उसके सामने आ गया अब इसी तरह से हमें दूसरा कोलन भी लाना है तो यहाँ पे भी सिंपली वीलो कप लुकअप वैल्यू लुकअप वेल्यू क्या लिया था हमने ये वाला कोलन तो ये ले लिया इसके बाद बोल रहा है टेबल एरे तो टेबल एरे में क्या करना उस टेबल को पूरा को सिलेक्ट कर लेना जहां से हमें डाटा उठाना है कोमा ये कह रहा है कोलन इंडेक्स तो अभी कौन सा कोलन था हमारा चार था ये हो गया एक दो तीन चार और पांच नंबर का कोलन चाहिए तो सिंपली पांच लिख देना कोमा और ये मैच के के लिए एंटर मार दो ये देखिए उस का अमाउंट भी सबके सामने पकड़ खींच दो तो आ गया वेरी सिंपल अभी अदर चार्जेस वाला में जाना है सेम वी लुकअप लगाना है लुकअप वैल्यू क्या है जो यूनिक वैल्यू दोनों टेबल से हमको उठाना तो ये कोलन हमारा उधर भी होना चाहिए कोमा टेबल एरे में वही टेबल को सेलेक्ट कर दो पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए और कोमा लगाइए कोलन इंडेक्स मींस आप कौन सा कोलन लेना हमें? है हमें अदर चार्जर लो ये कितने नंबर पे यहाँ से गिन लो एक दो तीन चार पाँच और ये छः नंबर पे है ठीक है तो यहाँ पे सिंपली छः नंबर लिख देना यहाँ पे छः लिख देना कोमा फाल्स एग्जैक्ट मैच के लिए फाल्स लिख देना एंटर मार देना ये जिसका जितना अदर चार्जेज में अमाउंट है वो भी यहाँ पे आ गया इधर आपका फार्मूला लगा के जो माइनस प्लस करना है वो करना है और ये आपका सेकंडों में तैयार हो गया है वही चीज जो कॉपी पेस्ट और आप घंटों लगे रहोगे वो सेकंडों में तैयार हो गया है ये टेबल कहीं भी हो सकता है आपका कोई फर्क नहीं है किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है इससे भी कोई फर्क नहीं है लेकिन जो वैल्यू है जिस के आधार पर हम उठा रहे हैं वो यूनिक दोनों टेबल में होना चाहिए अब इसमें किसी का मान लो नहीं है जैसे मिसमैच करता है मान लो यहाँ पे मैं ये नंबर को चेंज कर देता वो ये कर दिया इट मींस उस टेबल में ये आदमी का नाम नहीं है ये देखो एन एन ए लिख के आ गया मींस ये मैच नहीं कर रहा है इस आदमी का डाटा ठीक है तो इसमें जो सेम होगा वो अपने आप उठा लेता है ठीक है और यहाँ पे जैसे ही सही करेंगे वो देखिए यहाँ पे ये हो गया ठीक है तो बड़ा आसान है वीलोकअप फार्मूला का और हम जो मेहनत करते रहते हैं दो दिन तीन दिन लगे रहते हैं इसमें एंट्री करने में तो मैन्युअली एंट्री नहीं करना है वीलोकअप फार्मूला को यूज करना है यदि आपको इसको यूज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर कॉमेंट करके मुझे बताना मैं आपकी हेल्प करूंगा वीलोकअप फार्मूला यूज करके देखना और बताना ठीक है थैंक यू तब तक बाय